प्रिय दर्शकों नमस्कार मैं ज्योतिर्विदाशिष पांडे लखनऊ से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सूर्यदेव का मीन राशि से मेष राशि में जो प्रवेश हो रहा है सूर्यदेव अपनी उच्च राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो कैसा रहेगा मीन राशि के जातकों के लिए यह प्रभाव तो 14 अप्रैल को दोपहर दो, दो पर सूर्यदेव मीन राशि से मेष राशि में आ रहे हैं और ये 15 मई 2019 को सुबह दस बजकर उनसठ मिनट तक की रहेंगे तदउपरांत ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो ऐसे में जो मेष संक्रांति रहेगी मीन राशि के जातकों के लिए कैसी रहेगी या यूँ कहले 100 वर्ष का प्रथम माह आपके लिए कैसा रहेगा तो इस पर हम प्रकाश डालते हैं लेकिन दर्शकों ये जो हमारा राशिफल है ये सामान्य ज्योतिषीय आकलन के साथ साथ केवल मेष संक्रांति के प्रभाव को ही दर्शाता है व्यापक और सटीक मूल्यांकन यदि करवाना हो तो अन्य ग्रहों की स्थिति भी यहाँ पर विचारणीय होती है अन्य ग्रहों की स्थितियों को भी देखा जाता है अथा हमारी आपसे सलाह है कि अपनी जन्म कुंडली के अनुसार ग्रहों के प्रभाव को जानने के लिए और इनके उपाय पाने के लिए आप हमारे ऑफिस के नंबर पर संपर्क कर सकते हैं शुल्क के साथ ये सुविधा है तो दर्शकों मीन राशि के जो जातक हैं सूर्यदेव चूँकि आपकी जो राशि का परिवर्तन हो रहा है आप ही की राशि से परिवर्तन हो रहे हैं अभी तक आपके लग्न में चल रहे थे अब ये आएंगे आपके सेकंड हाउस में और उच्च के हो जाएंगे क्योंकि हमने बताया ना कि ये मेत राशि में उच्च के होते हैं दस अंशा और तुला राशि में इतने ही अंशों पर नीच के होते हैं तो दूसरे स्थान में आएंगे जो कि धन का स्थान है संचित धन का स्थान है तो ये जो परिवर्तन होगा आपको धन धान संपत्ति से लेकर के हर प्रकार का लाभ ही लाभ देगा आपको कोई पैसा यदि फंसा है आपको नहीं मिल रहा है अभी तक तो आपको इस दौरान आपको पैसा मिलता हुआ नजर आएगा और देखिए यहाँ पर जो सूर्य देव हैं ये आपकी कुंडली के छठे हाउस के लॉर्ड भी बनते हैं तो छठा हाउस जो है ये शत्रु का है रोग का है चिंता का है ऋण का है इससे भी कुछ हद तक की आपको मुक्ति मिलेगी व्यवसाय में किसी तरीके का यदि आप बदलाव करने के इच्छुक हैं तो आप निर्णय ले सकते हैं और इसके लिए जो समय रहेगा ये बहुत उपयुक्त समय रहेगा आपको आत्मबल मजबूत करने की यहाँ पर सितारे सलाह दे रहे हैं रोमांटिक लाइफ आपकी अच्छी रहने के आसार हैं कोई नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होते हुए नजर आएंगे ससुराल पक्ष से भी आपके संबंध बड़े प्रगाढ़ होंगे मधुर होंगे आपको पैतृक संपत्ति प्राप्त होने का भी योग बन रहा है घूमने फिरने के लिए पार्टनर के साथ आज आप जो है मतलब इस पीरियड में आप बाहर जा सकते हैं हेल्थ के मामले में भी ये समय आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है लेकिन दर्शकों आपको अपने दाहिनी आंख का विशेषकर ध्यान देना रहेगा कोई अचानक से शत्रु जो उभर रहा है वो अपने आप स्वतः ही खत्म होता हुआ नजर आएगा लेकिन ये जो स्थिति रहेगी ये दो मई के बाद की रहेगी तो दर्शकों उपाय क्या करना रहेगा मीन राशि के जातकों को देखिए आप लोग सबसे पहले सूर्य गायत्री मंत्र की एक माला प्रतिदिन जाप किया करिए सूर्य देव को नित्य अर्घ्य जो है दीजिए और हो सके तो गाय को रोटी और गुड़ जरूर खिलाइए एक तांबे का कड़ा दाहिने हाथ में जरूर पहनिए दर्शकों स्टोन के बारे में अभी हम रिकमेंड नहीं करेंगे क्योंकि ये केवल सूर्य को ही मानक मान करके बनाया गया अन्य ग्रहों की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है हर एक लोगों की कुंडली में भिन्न भिन्न होती है तो यदि आप भी चाहते हैं आपकी कुंडली का हम विश्लेषण करें तो आप संपर्क कर सकते हैं अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाइए फिर स्टोन वगैरह रिकमेंड करेंगे दीजिए इजाज़त तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लेकिन जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल आइकन जरूर दबाइए हमारे इस वीडियो को लाइक करिए अन्य वीडियो को भी आप अपने ग्रुप में शेयर करिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका आपने इस प्रोग्राम को देखा नमस्कार प्यारे स्वजनों और सुहृदयजनों नमस्कार भारतीय संस्कृति कर्म प्रधान विश्व रचि राखा में विश्वास करती है आज भी आपके जीवन में कर्म की भूमिका प्राथमिक है यदि आप कर्म नहीं करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार का फल नहीं मिलेगा लेकिन दर्शकों होता क्या है कभी कभी हम लोग कर्म करते हैं सतत प्रयास करते रहते हैं उसके बाद भी हमको जो है भाग्य का साथ नहीं मिलता है तो कर्म के साथ साथ भाग्य की भूमिका हमारे जीवन में बहुत प्रबल रहती है हमारे वर्तमान और हमारे भविष्य को संवारने के लिए भाग्य का साथ होना बहुत ज़रूरी है हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ समस्याएं होती हैं किसी के जीवन में कुछ ज़्यादा होती है किसी के जीवन में कुछ कम होती है लेकिन हर एक व्यक्ति के साथ कुछ न कुछ समस्याएं जुड़ी रहती हैं जिस कारण बहुत ज़्यादा चिंता रहता है तनाव रहता है और इन्हीं समस्याओं से मुक्ति दिलाने इन समस्याओं को कम कराने और इन समस्याओं का जो कारण होता है उससे निजात दिलाने के लिए मैं आप सभी के बीच गुजरात में आ रहा हूं और गुजरात में जो हमारा दौरा रहेगा गुजरात का ये अहमदाबाद में रहेगा द्वारिका में रहेगा और सूरत में रहेगा तो यदि आप लोग भी गुजरात से हैं और आसपास के क्षेत्रों से हैं तो आइए और आकर के अपनी मिल करके हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं क्योंकि हिंदू धर्म शास्त्रों में धर्म ग्रंथों में वेदों में हमारे व्यक्ति की बड़ी से बड़ी समस्या का समाधान है बस ये है कि उसको टैकल करने वाला सही आपको जो है व्यक्ति चाहिए जो सही आपके जो है समस्याओं को पहचान सके और आपके जीवन में ग्रह नक्षत्रों के माध्यम से जो उनके प्रतिकूल प्रभाव हैं इसको कैसे कम किया जाए और अनुकूल प्रभाव को बढ़ाने के लिए कुछ रेमिडीज होती है कुछ उपाय होती है तो बीस से छब्बीस मई आप सभी के बीच आ रहे हैं अहमदाबाद रहेंगे सूरत रहेंगे द्वारिका में उपस्थित हो रहे हैं तो यदि आप आस से हैं तो प्लीज़ आप लोगों का स्वागत है और हाँ दर्शकों बार बार हमारा गुजरात आगमन नहीं हो पाता है तो यदि आप लोग हमारे गुजरात के भाई बंधु हमें देख रहे हैं तो आप अपने ग्रुप में इस वीडियो को जमकर शेयर करिए क्योंकि तो हमें गुजरात से बहुत ज़्यादा प्यार मिलता है तो दीजिए दर्शकों इजाज़त मिलते हैं अपने गुजरात में जो है और आप सभी को एक बार फिर से प्रणाम